एक संपूर्ण जीवन को कैसे परिभाषित करें उसके लिए सबसे पहली पॉइंट है है वो है परिवर्तन अपने जीवन में परिवर्तन का आना बहुत ज्यादा आवश्यक है है जिस तरह नदी बैती रहती है। उसी तरह जीवन भी बहता रहता है लेकिन उसके अंदर विकास होगा विकसित होगा जीवन तो आनंद आएगा अपने जीवन को स्थिर बिल्कुल भी मत होने देना क्योंकि अगर जीवन ठहर सा गया तो जैसे ठहरा हुआ पानी बदबू मारता है वैसे ही जीवन में भी बदबू आने लग जाती है तो लोग आपकी परवाह करेंगे थैंक यू